इंसानी बुद्धि और अंतर मन के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है मित्र यदि तुम माइलस्टोन को बुद्धि के तर्कशास्त्र की कसौटी में कसते रहोगे तो अंतर मन में स्थापित उस शाश्वत प्रेम तक कभी नहीं पहुंच पाओगे अच्छा चलो यह तो बताओ जब किसी से प्रेम करते हो या प्रेम हो जाता है तो कौन सा तर्कशास्त्र पढ़ कर जाते हो मुझे भी तो बताना जरा हां मेरे राइटर इंसानी समझ उम्र की मोहताज कहां होती है यदि ऐसा होता तो 17 18 वर्ष की उम्र कम नहीं होती उस लड़के को समझना चाहिए था कि मोहब्बत कभी मांगी नहीं जाती उसका तो इजहार किया जाता है हां मेरे राइटर उसे समझना चाहिए था कि मांगी हुई मोहब्बत कभी भी वापस करनी पड़ सकती है लेकिन नहीं उसे तो उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी वह न कहेगी इसीलिए तो उसने कहा था उस वक्त तो उसने यही सोचा था कि वह तो उसके दिल की अधूरी बात को पूरा कर रहा है बस मेरे राइटर यहीं पर वह गलती कर गया नादान था ना उसे यह भी समझना चाहिए था कि उसका दिल रखने के लिए स्वीकार की गई मोहब्बत कितने दिनों तक उसके दिल में स्थापित रह पाएगी किसी ना किसी दिन तो उसे बिखरना ही होगा बावजूद इसके कि उसने कभी भी अपने दिल से उसे बेवफा नहीं समझा हाँ मेरे राइटर उसे अपने दिल से उसने कभी भी बेवफा नहीं समझा और ना ही कभी उसे जताया नहीं उससे कहा। माइलस्टोन कहास्तव में दो किरदारों की कहानी है रिश्तों में उलझी हुई जकड़ी हुई बेबसी से तड़पती हुई कभी आंखों में आंसू बनकर उभरती हुई तो कभी लाखों बेचैनी लिए दिल में चाहत की धड़कन बन धड़कती हुई यह बिल्कुल सही है कि एक किरदार द्वारा कही गई कहानी है जिसने अपने राइटर से कलम ली और इस कहानी को खुद लिखा यह कहानी प्रथम पुरुष में लिखी गई है इसे आप मेरे जीवन से परे उन्हीं दो किरदारों में रहकर सोचिएगा एहसास कीजिएगा यह कहानी है मर्यादाओं और अभिमान की जंजीरों में जकड़ी हुई दो मोहब्बत करने वाले दिलों की एक किरदार ने मोहब्बत मांगी तो दूसरे किरदार ने मुहब्बत दी एक किरदार ने वचन लिया तो दूसरे किरदार ने वचन दिया फिर फिर सामने आया यह समाज अपने ही लोग और उनका अभिमान अपनों का अभिमान न टूटे उसे ठेस न पहुंचे इसलिए दो मोहब्बत करने वाले दिलों को सामाजिक मान्यताओं अवधारणाओं और मर्यादाओं की जंजीरों में बांध दिया गया और मेरे किरदार से उसने कहा कि तुम अपनी भूल सुधारो उस दूसरे किरदार को एहसास कराओ कि जैसे तुमने उससे कभी मोहब्बत ही न की हो और उसने वही किया यह कहानी वास्तविक है या सिर्फ को भावुकता यह आपको ही निर्धारित करना है लेकिन हां यदि आप चाहते हैं कि इसे पढ़ते हुए उन एहसासों से आप भी गुजरे तो मेरा सुझाव है कि इस कहानी को उसी क्रम से पढ़िएगा या सुनिएगा जिस क्रम से यह लिखी गई है स्वयं एक किरदार बनकर उम्र की उसी दहलीज पर जब ना तो बहुत सारी मैच्योरिटी होती है और ना ही सामाजिक समझ ना रिश्तों में लेन देन होता है ना ही उसकी कोई गुंजाइश ही होती है सिर्फ वहां होती है मोहब्बत प्यार मासूम सी चाहत और हा मेरे दोस्त मासूम सी चाहतों में धड़कते हुए दो तो दिल तब आपको यह समझ में आएगा कि सत्रह अठारह वर्ष की उम्र में भी दो जवां दिलों में इतनी मेच्योरिटी है जी हाँ ध्यान दीजिएगा इस सत्रह अठारह वर्ष की उम्र में भी दो जवा दिलों में इतनी मैच्योरिटी है कि वे अपनों को दुख देकर कोई भी मंजिल हासिल नहीं करना चाहते यही इस कहानी की आधारशिला है यदि आप में त्याग करने का सामर्थ्य नहीं है तो आप प्रेम करने के अधिकारी नहीं हैं। और इस फिलॉसफी को कहानी के दोनों किरदारों ने बखूबी चरित्रार्थ किया उन्होंने अपनों के लिए त्याग किया तब क्या अपनों को यह नहीं समझना चाहिए था कि हम जिन्हें ना समझ बच्चे समझते हैं जब वे इतने सेंसिटिव हैं कि दोनों हुई त्याग का जीवन जीने के लिए तैयार हैं क्या तब हमारा फर्ज यह नहीं बनता कि सभी अभिमान सामाजिक मान्यताओं और अवधारणाओं पर पुनः विचार करके कोई एक ऐसा रास्ता निकालते जिससे इन दोनों को अपनी खुशियां भी मिल सकती ठीक है बच्चे हैं इन्होंने नादानी कर दी मोहब्बत कर ली हम तो मेचोर्ट हैं हमें समझदारी से काम लेना चाहिए इतने कम उम्र में जहां सपने बुने जाते हैं चाहते जन्म लेती हैं उन्हें उसी उम्र में उनके दिलों में दफन कर दिया गया बड़ी बेरहमी के साथ और हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वे अपनी खुशियों का अपनी जिंदगी का त्याग कर उसे छोड़कर हमारी हमारी खुशियों का ध्यान रखें और जो कि उन दोनों किरदारों ने बखूबी किया और त्याग भी ऐसा कि कई साल गुजर गए लेकिन एक दूसरे की तरफ पलटकर देखा तक नहीं और न ही एक दूसरे को उन्होंने कभी बेबफा ही समझा क्योंकि उस नासमझी की उम्र में वे इतने समझदार हो चुके थे कि एक दूसरे के दिल की धड़कन ही नहीं अपितु मन की भावनाओं को भी समझने लगे थे और उनके अपने ही लोग जिन्होंने जन्म दिया परवरिश की वे ही अपने बच्चों के मन की भावनाओं को नहीं समझ पाए कितनी आश्चर्यजनक बात है ना मैं यहां जो भी बातें लिख रहा हूं वे पूर्णतः मेरे विचार हैं यदि कोई सवाल उठते हैं तो उनके जवाब के लिए मैं यानी शैलेन्द्रयस पूर्णतः उत्तरदायी मैं यहां पर तुम कहां गए में लिखे गए कुछ शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं और यदि आपका मन कहता है दिल कहता है कि यह सच नहीं है तो आप मुझे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मुझे कटघरे में खड़ा करने से पहले जी हां पहले आपको अपने मन के अंदर झांक कर देखना होगा या यूं कह लो कि आपको अपने दिल पर हाथ रखकर कहना होगा कि यह झूठ है जिन्होंने या जिस समाज ने उन दो किरदारों से यह त्याग मांगा मैं बात सीधे उनसे कर रहा हूं जी हां तुम कहां गए मैं एक किरदार ने जो बात कही है वहां भी एक लड़की है जो अपनी कहानी कहती है उसी की बात मैं उसी की जुबानी यहां पर ले रहा हूं तब पता नहीं था कि यह नियम ईश्वर ने नहीं अपितु तो इस ढोंगी समाज ने बनाए देवी देवताओं सा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के यदि घरों की दीवारें बोलती तो इस समाज में होने वाले कितने ही अनैतिक और अमर्यादित कृत्यों का पर्दाफाश होता और न जाने कितनी ही पर्दा नशी बेपर्दा होती नैतिकता और मर्यादा की परिभाषा को रचने वाले ना जाने कितने लोग स्वयं उन्हें तोड़ते हुए खुद ब खुद दिखाई देते जी हां मेरी यह बात सीधे उनसे ही है उन अपनों से है जिन्होंने मेरे दोनों किरदारों की सुकोमल पवित्र भावनाओं को न देखा और दिखाई दी तो उनके बीच यह शरीर और कुछ सामाजिक परंपराएं जबकि दोनों को इस शरीर से केवल इतना ही प्रेम था कि वह एक माध्यम है साथ रहने का वह तो साथ जीना चाहती थी हंसना चाहते थे, थे मुस्कुराना चाहते थे जीवन के सुख दुख में एक साथ रहना चाहते थे और इसलिए चाहते थे कि वे साथ शरीर एक दूसरे के पास रहे और इस तरह से उनकी इस दुनिया में वे लोग भी शामिल हों जो कि उनके अपने हैं जिन्हें वे अपना समझते हैं शायद इसलिए मेरे दोनों किरदार यह चाहते थे कि उनके बीच के इस संबंध को सामाजिक मान्यताओं और मर्यादा से स्थापित किया जाए जिसे हम विवाह कहते हैं लेकिन समाज और उनके अपने लोग अपनी इतनी सारी मेच्योरिटी को लेकर इतनी सारी परिपक्वता को लेकर वे कम उम्र के नासमझ से दिखने वाले दो किरदारों को क्यों नहीं समझ पाए क्या यह उनका कर्तव्य नहीं था कि शांत मन से उनकी मोहब्बत के विषय में विचार करते उसकी गहराई को समझते और कोई ऐसा हल निकालते जिसमें दोनों को खुशियां भी मिलती हैं लेकिन नहीं सिर्फ उन्होंने त्याग मांगा और उन्होंने त्याग किया अपनी मोहब्बतों से दूर रहे आप बताइए अधिक में चोट कौन था आपके जहन में एक सवाल और आ सकता है मेरे दोनों किरदारों ने कोई बगावत क्यों नहीं की चुपचाप त्याग क्यों किया जबकि वे अच्छी तरह से जानते थे एक दूसरे का दिल दुखाकर, वे कभी भी अपनी निजी जिंदगी में सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे तो फिर उन्होंने क्यों यदि आप में त्याग करने का सामर्थ्य नहीं है तो आप प्रेम करने के अधिकारी नहीं हैं को अपने जीवन की आधारशिला अपनी मोहब्बत की आधारशिला क्यों बनाई और अपने प्रेम को उसी में क्यों स्थापित किया तो बताओ राइटर मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हर कहानी में कोई ना कोई खलनायक या निगेटिव रोल प्ले करने वाला होता है पहले भी था आज भी है और हमेशा रहेगा ठीक उसी तरह जिस तरह प्रेम शाश्वत है सदैव के लिए उदाहरण देता यदि राम है तो रावण भी होगा कृष्ण है तो कंस भी होगा यह भी शाश्वत है इसे झुटलाया नहीं जा सकता क्या यह नहीं हो सकता था कि रावण का हृदय परिवर्तन कर सीता को राम वापस प्राप्त कर लेते या कृष्ण कंस या दुर्योधन के अंत के बगैर धर्म की स्थापना कर लेते जी हां मैं बात कर रहा हूं हृदय परिवर्तन की सोच बदलने की संभव था लेकिन हुआ नहीं वे तो ईश्वर थे कर सकते थे ना लेकिन नहीं कर पाए अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा धर्म या न्याय कि स्थापना के लिए हो सकता है क्रांति या युद्ध या हिंसा की आवश्यकता हो किंतु प्रेम की स्थापना के लिए जी हां प्रेम की स्थापना के लिए जब मेरे दोनों किरदारों ने अच्छी तरह समझ लिया कि वह अपनों का हृदय परिवर्तित नहीं कर पाएंगे और उनके कारण उनके अपने ही लोगों को इस समाज के सामने अपमानित होना होगा उनका उपहास उड़ाया जाएगा तो उनके पास विकल्प क्या बचता था क्या कोई विकल्प था सिवाय इसके कि त्याग करो अपनी चाहतों का अपनी मोहब्बतों का और उन्होंने बखूबी किया प्रेम की स्थापना के लिए त्याग आवश्यक है जी हाँ प्रेम की स्थापना के लिए त्याग आवश्यक है मुझे यह कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और इसके जवाब में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक ऐसा किरदार जो वर्षों से मेरे साथ रहा मेरे निकट रहा मेरे साथ साथ चलता रहा अपनी जिंदगी जीता रहा लेकिन मैंने उसके मन में एक अजीब सी छटपटाहट व्याकुलता और बेचैनी देखी उसे महसूस किया आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भरी महफिल में हंसी ठहाकों के बीच वह एकदम से उदास हो जाता उसकी आंखे भराती मुझे महसूस होता जैसे उसकी निगाहों में एक चेहरा एक लम्हा आकर ठहर जाता है और वह भरी हुई आंखों से उसी एक चेहरे को उसी एक लम्हे को देखा करता है जब भी मैंने उससे कुछ भी जानना चाह तो वह टाल जाता मैंने उसे इसी तरह की जिंदगी जीते हुए देखा भरी महफिल में अचानक उदास होते हुए तन्हा होते हुए महसूस किया एक दिन जब मैंने उससे काफी पुरेद -पुरेद कर पूछा, तो उसने मुझसे एक बात कही जी हाँ वही वही बात मैं आपको हू लिख रहा हूं उसने कहा हम अपने इस जीवन में न जाने कितनी जिंदगी जीते हैं न जाने कितने ख्वाब समझ हैं न जाने कितने ख्वाब सजाते हैं न जाने कितने सपने कितने अरमानों को पूरा करने की चाहत लिए मचलते हैं लेकिन दोस्त हम जिंदगी जीते कहाँ हैं बस गुजारते हैं जिसको अपनी जिंदगी में शामिल कर मैंने सारे सपने देखे अपनी हर एक साजू चाहतों को सजाया छोटी छोटी चाहतों को उसने बताया कि अपनी एक छोटी छोटी चाहतों को मैंने सजाया था आज वही मेरे पास नहीं है मैं जिंदगी जीना चाहता था जिंदगी गुजारना नहीं चाहता था आज में मैं सभी मुकाम हासिल कर रहा हूं छोटे बड़े जो भी उसके साथ मैंने देखे थे लेकिन वह मेरे आज आसपास कहीं भी नहीं और सच पूछिए, उसके लबों की फीकी मुस्कान और आंखों का दर्द देखकर पहली बार मेरी कलम डर गई मैंने बखूबी जान लिया कि यह किरदार आसान नहीं है उसकी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखना आसान नहीं होगा और सच पूछे मैंने अपने आप को या अपनी कलम उसके हवाले कर दी खुद को उसकी अनुभूतियों के हवाले कर दिया और अंत में उसने मुझसे कहा तुम राइटर हो मेरे मन की पीड़ा को शब्द दे सकते हो लेकिन दो बातों का ध्यान रखना पहली किन्हीं किन्हीं भी परिस्थिति में दोनों किरदारों को बेनाम रहने देना और दूसरी किसी भी पल किसी भी लम्हे में किसी भी शब्द में किसी भी मोड़ पर उसे बेवफा न लिखना उठने वाले किसी भी सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश मत करना उस समय मैं तुम कहां गए लिख रहा था उसे वही विराम दे फिर मैंने माइलस्टोन लिखी और फिर जब मैं आगे बढ़ा बाद में मुझे मालूम पड़ा कि माइलस्टोन और तुम कहां गए एक दूसरे से अलग नहीं यह बात अलग है कि मैं तीसरा भाग मैंने पहले लिखा अलविदा माइलस्टोन ये सब बाद में लिखे और सितारों की दुनिया आज लिख रहा हूं तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैं माइलस्टोन को इन्हीं दोनों बेनाम किरदारों को साधर सप्रेम समर्पित करता हूं धन्यवाद के साथ आपका शैलेंद्र यास थैंक यू थैंक यू वेरी मच